रे कौन से कुत्ते हैं जो हमें रोक देंगे ऐसे दोस्त बना रखे हैं जो भरी भीड़ में ठोक देंगे